नमस्कार दर्शकों आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रो साथीस पे 5 अगस्त का दैनिक राशिफल क्या होगा राशि भविष्य क्या कहती है और प्रत्येक राशि के लिए शुभ अंक शुभ रंग और राशिवार कम सा उपाय क्या है बढ़िया कि आज आपका दिन पूरा अच्छा जाए रविवार दिन रहेगा विशेष दिन आज रहेगा भगवान सूर्य नारायण की आज पूजा आप लोग कर सकते हैं तो काफी अच्छे आपको फल मिलेंगे लाभ मिलेंगे इसके अतिरिक्त दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आज इस चैनल को एक वर्ष पूर्ण हो गया है तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनन्दन बहुत बहुत हमारा आप लोग प्रणाम स्वीकार करें सहस जो हमसे छोटे हैं उनको हमारा ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद ईश्वर आप सभी को तरक्की के मार्ग पर ले जाए भगवान ना करे कि कभी आपको किसी जोशी की जरूरत पड़े वैद्य की जरूरत पड़े डॉक्टर की जरूरत पड़े ये हमारा आशीर्वाद अपने से छोटों के लिए है और जो हमसे बड़े हैं खास करके जो बुजुर्ग देख रहे हैं पितामह लोग हैं उनको हमारा बहुत बहुत प्रणाम और अपना जो है आशीर्वाद प्यार ऐसे इस चैनल पर बनाए रहिएगा हमसे यदि कुछ भूल होती है त्रुटि होती है तो अपना बालक भाई या बेटा समझ करके जो भी होगा क्षमा करिएगा और यदि आप छोटे हैं तो हमारी जो है गलतियों को जो है आप टोक दीजिएगा बता दीजिएगा हम क्या गलत कर रहे हैं तो आगे हमको इससे प्रेरणा मिलेगी दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे हमारा ये राशिफल जो है जन्म राशि और नाम राशि ये दोनों पर आधारित है हम दोनों पर अब बनाने लगे हैं तो जैसे आपका नाम आ से शुरू होता है मेष राशि है ना से होता है वृश्चिक राशि है बा से होता है वृष राशि है तो आप वैसे भी देख सकते हैं और यदि चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है तब भी आप देख सकते हैं तो ये आपको करना रहेगा चलिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं आप लोगों का समय थोड़ा सा ले लिए और आज किशोर कुमार जी का भी देखिए जन्मदिन तो बहुत अच्छी शख्सियत का जन्मदिन उस मौके पर ये चैनल जो है तो हम बहुत अपने आप को जो है लकी मानते हैं एक साल हो गया आप एक लाख सब्सक्राइबर भी देखिए हो जाएंगे कल परसों में बहुत बड़ी अपने आप में ये चीज़ होती है चीप करना एक वर्ष के भीतर ही और एक वर्ष क्या लगभग फरवरी के अंत से मार्च से हमने जो है इस चैनल पर जो है प्रॉपरली वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया था मार्च के बाद से जो ग्रोथ इस चैनल पर हुई है जबरदस्त आप लोगों का प्यार मिला स्नेह मिला और दर्शकों चलिए पंचांग पर बढ़ते हैं नई दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक मानकर यह पंचांग तैयार किया गया है तो सूर्योदय होगा प्रातः पांच पर सूर्यास्त होगा शाम को सात पर राहु काल इस पर प्रकाश डाल देते हैं तो सत्रह बजकर पच्चीस मिनट से उन्नीस बजकर पांच मिनट तक की राहु काल रहेगा इस दौरान आप शुभ कार्यों को करने से बचिएगा वहीं गुलित काल की यदि हम बात करें तो पंद्रह बजकर छियालीस मिनट से सत्रह बजकर पच्चीस मिनट तक की गुलित काल रहेगा एक अमृत काल मुहूर्त आएगा इस दौरान आप कोई भी कार्य होगा कल निपटा लीजिएगा आपको चाहे वाहन लेना हो चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो चाहे कोई निवेश करना हो तो अमृत काल का समय रहेगा प्रातः दस बजकर सात मिनट से ग्यारह बजकर तैंतालीस था, मिनट तक की अभिजीत मुहूर्त रहेगा बारह बजे से बारह ये सब अच्छे मुहूर्त है राहु काल बहुत बेकार मुहूर्त है उस मुहूर्त में आपको कुछ भी नहीं करना है तो चलिए दर्शकों और कुछ हम आपको आज के पंचांग से रिलेटेड बता दे रहे हैं ये विक्रम संबत चल रहा है दो हजार पचहत्तर चल रहा है दक्षिणायन चल रहा है वर्षा ऋतु है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष है और आज अष्टमी तिथि रहेगी सुबह ग्यारह बजकर 21 मिनट से इसके उपरांत हमारी लग जाएगी नौमी तिथि और नक्षत्र रहेगा भरड़ी, भरड़ी नक्षत्र रहे, है इसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा दो बजकर चौवन मिनट के बाद सूर्य का नक्षत्र है तो कल सूर्य देव की पूजा बहुत ही ज्यादा फलदायी रहेगी चंद्रमा मेष राशि में रात में आठ बजकर छियालीस मिनट तक की रहेंगे इसके उपरांत वृषभ राशि में चले जाएंगे तो कल रात में देखिए जिनका जन्म होगा वही 20 बज के छियालीस मिनट के बाद से तो जान जाइएगा कि आपकी वृषभ राशि आपके पुत्र या पुत्री जो भी होते हैं उनकी होगी और चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाता है चार डिग्री वृषभ राशि में उच्च का होता है तो दर्शकों अष्टमी तिथि की हमने आपको बात बता ही दिया था कि अष्टमी तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए और जो नौमी तिथि होती है नौमी तिथि को जो है सीताफल इसको हम लोगों के पूर्वांचल की तरफ कोहड़ा बोला जाता है कद्दू बोला जाता है इसका सेवन भी करना और इसका दान भी करना दोनों प्रकार से हानिकारक होता है इसका इसको ना आप खा सकते हैं ना इसका आप किसी को दान दे सकते हैं नवमी तिथि के दिन विशेषकर तो आज आपको ध्यान रखना है कि कद्दू का सेवन करने से आज आपको बचना है और दर्शकों अष्टमी तिथि जो रहेगी दो बजे तक तो ग्यारह बज के कुछ मिनट तक की है तो अष्टमी तिथि जो है बहुत ही व्याधिनाशक तिथि मानी जाती है भगवान शिव माने जाते हैं तो भगवान शिव की पूजा आप लोगों के लिए भी विशेष फलदायी रहेगी और दर्शकों आज चलिए ये उपाय हम आपको अंत में बताएंगे सबके लिए शिवरात्रि से स्पेशल एक उपाय रहता है इसको हम अंत में बताएंगे और अगर आज हम जो है हाँ आज रविवार के दिन जो है अगर आप दाढ़ी बाल कटवाते हैं तो धर्म की हानि होती है तो इससे आज आप बचिएगा दिशाशूल की यदि हम बात करें तो संडे के दिन का जो दिशाशूल रहता, ये दिशा रहता है ये तो पश्चिम दिशा की ओर रहता है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो तो पान या पान और घी खाकर आप यात्रा कर सकते हैं तमाम लोग हमारे जो है दर्शक लोग देख रहे हैं सभी लोगों को देखिए नमस्कार सर सिंह राशि देखिये सिंह सबका सिक्वेंस आएगा आप लोग बस जुड़े रहिए चैनल के साथ सारी राशियों का हम राशिफल बताएंगे ऐसा नहीं कि हम मेष का और का बताएंगे हम सिंह का नहीं बताएंगे हम सभी लोगों को बताएंगे बस जुड़े रहिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए मेष राशि तो मेष राशि के जो हमारे जातक हैं आज चंद्रमा आपकी राशि में ही रहेगा पैसों का दबाव जो है ये आज खत्म होता हुआ नजर आएगा राहत मिलने लगेगी पैसों के मामले में आज आपको अच्छे संकेत शुभ संकेत मिलते हुए नजर आएंगे और कुछ खास अनुभूति और पूर्वाभासों का मन में जो चिंताएं चली से बढ़िया काम लेंगे। आज आप बहुत जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत मधुर रहेगा कार व्यापार और नौकरी में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी कुछ वादे और सौदे आज आपको करने पड़ेंगे अचानक से होंगे आपको खुद नहीं ये पता होगा अपने काम काज को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा अपने खर्चे पर आज आपको कंट्रोल रखना है आज आप खर्च बहुत ज्यादा करेंगे तो आज आपको करना क्या है सुबह जल्दी उठ जाइएगा और सूर्यदेव को आपको जल में हल्दी डालकर के अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ करना रहेगा आपके लिए आज का शुभ कलर है ऑरेंज कलर शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका शुभ अंक है आपको बी नाम और के नाम के लोगों से बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है वृषभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज अधिकारियों से मेल मिलाप होगा इनकम और खर्च की स्थिति जो है बहुत ही संतुलित रहेगी जज मैडम लिखती हैं नमस्ते सर नमस्ते जी और मानस जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जी राधे राधे सभी लोगों को आप सेहत के लिहाज से ठीक समय नहीं है आज वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा अपने आज संतान के स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंता आपको जाहिर जो है रहेगी जीवन के प्रति आज नजरिया आपका बहुत सकारात्मक होता हुआ नजर आएगा आज नई कला, साहित्य और संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी इसके साथ साथ आज कोई खास मौका आपके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है राजनीति और धन से जुड़े मामलों पर किसी के साथ बहस में ना उलझे दौड़भाग करनी पड़ सकती है आज आपकी छोटी सोच आपको कुछ शर्मिंदा करती हुई नजर आ रही है तो इससे आपको बचना है बहुत ज्यादा अधिक मत बोलिएगा किसी के सामने अन्यथा जो है बहुत ही हानि उठा जाएंगे आज करना क्या रहेगा आज सूर्य देव को दूध से अर्घ देना रहेगा जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं दूध से थोड़ा सा अर्घ दे दीजिएगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिएगा ब्लू कलर नीला रंग आपका शुभ रंग है शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक है आपको इन नाम और ए नाम के लोगों से बहुत अलर्ट रहने की आज जरूरत रहेगी जयमिनी मिथुन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो जो मिथुन राशि के हमारे दर्शक ये राशिफल देख रहे हैं इनके लिए आज का दिन मिश्रित फलदाई रहने वाला है आज बिजनेस की यदि हम बात करें तो बिजनेस के दृष्टिकोण से यात्राएं होंगी उन यात्राओं में आपको सफलता बहुत अधिक नहीं मिलेगी व्यर्थ की ही भागदौड़ आपकी होती हुई नजर आएगी इसके साथ साथ जो हमारे मिथुन राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक बात और बताना चाहेंगे कि आज आपका जो है धन लाभ की यदि हम बात कर रहे हैं तो शाम के वक्त होता हुआ नजर आएगा सांप्रदायिक प्रतिष्ठा आज बढ़ सकती है अपने माता पिता का आज आपको आशीर्वाद लेना है आकर्षण शक्ति जो है वो आज कुछ आपकी बढ़ी हुई नजर आएगी मन अंदर से कॉन्फिडेंस भी आज आपका बढ़ेगा लेकिन ये बढ़ेगा दो बजे के बाद से स्टार्टिंग का गड़बड़ जाएगा लेकिन बात का आपके लिए अच्छा रहेगा आज कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ चिंता आपको सताएगी तो इससे आपको बचना रहेगा खास करके आप प्राणायाम करिए और वो भी भ्रामरी प्राणायाम करिए तो बहुत बेहतर रहेगा देखिए प्राणायाम वगैरह अगर आपको योग से रिलेटेड आप तो लाइफ योगा सूत्र एक चैनल है आप यूट्यूब पर लिख कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिवम जी का चैनल है काफी अच्छा वो बताते हैं हर एक चीज से जुड़ी हुई जो है मुद्दे पर वो रखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस पर तमाम वीडियो पड़ी हुई आप है आप लोग पूछते हैं ना कहा से देखें क्या करें कैसे करें तो आप वहां जाइएगा ऑथेंटिक वीडियो है आज भ्रामरी प्राणायाम आपको करना रहेगा प्लस गणेश जी को आज दूध से अभिषेक करना रहेगा गणपति को और शुभ कलर की यदि बात करें तो पिंक कलर आपका आज के लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की यदि हम बात करें तो अंक छह आपका शुभ अंक रहेगा जी नाम, नाम ज तो के मामलों में आज आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे आज आप नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर समर्पित रहेंगे सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे आज आप कुछ अपने पुराने और अच्छे दोस्तों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे उसमें सफल भी हो सकते हैं आपको जो सलाह और जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी आपका पूरा ध्यान आगे बढ़ने में रहेगा नए काम शुरू होने के योग बन रहे हैं और परिवार के लोगों की फरमाइश पूरा करने में आज कुछ आपका बजट असंतुलित हो सकता है इससे आपको बचना रहेगा करना क्या है देखिए यथासम्भव यदि हो सके तो आज अनार के जूस का आप सेवन कर लीजिएगा कम से कम एक दो गिलास तो आप दो गिलास तो पी ही लीजिएगा अनार आज आपको बहुत फायदा करेगा दूसरा नमक बहुत ही कम मात्रा में आज आपको लेना है तीसरी सबसे बड़ी चीज हम बता दें भगवान सूर्यदेव के सामने प्रातः काल दो मिनट के लिए ही खड़े हो जाइएगा यदि आप चश्मा लगाते हैं तो उतार दीजिएगा और सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को देखिएगा ये तीन काम करिएगा कर्क राशि के जो हमारे जातक है तीन उपाय इनको बताएं तीनों कर लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा व्हाइट कलर शुभ कलर है अंक 4 शुभ अंक है सी नाम ए नाम पी नाम के लोगों से आपको अलर्ट रहना है सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आप हर काम में सफल होते हुए नजर आएंगे लगभग सभी लोगों को प्रभावित करने में भी आज, आज आपको सफलता मिलेगी रहस्यमय और गुप्त विद्याओं को जानने की आज बहुत ज्यादा आपके अंदर उत्सुकता होगी धार्मिक कार्यों में आज आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा बबलू जी लिखते हैं राम राम गुरु जी। जी राम राम गुरु जी। जी बबलू स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज आपको कोई हैरत काम करने की कोशिश मत करिएगा अन्यथा हानि उठाने बढ़ जाएगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है अपने करियर को लेकर आज आपके मन में जो चिंताएं हैं उस पर विचार करना होगा आज कोई यात्रा यदि होती है तो उस यात्रा में कष्ट रहेगा आज किसी के साथ बातचीत करने में शब्दों का बहुत तालमेल रखिएगा नेहा पांडे जी लिखती हैं जय श्री कृष्ण भैया जी नेहा जी जय श्री कृष्ण आपको तो आज तिल का दान आपको देना रहेगा कद्दू का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा और लव लाइफ के मामले में कुछ थोड़ी बहुत आपको परेशानी रहेगी इससे आपको आज बचना रहेगा सिंह राश के जो हमारे जातक है इनको उपाय क्या करना है तो प्रातःकाल जल में गुड़ डालकर सूर्यदेव को अभी जो है अर्घ दे दीजिएगा इसके बाद आपको करना है आदित्य हृदय स्त्रोत का कम से कम तीन बार पाठ जी हाँ सही सुन रहे तीन बार पाठ ततो तथोधा परिश्राम है आपका आदित्य हृदय और रावणम जागृतो तक यहां तक आपको पढ़ना है और आपके लिए शुभ कलर की यदि बात करें तो ऑरेंज कलर आज आपका शुभ कलर रहेगा अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा एल नाम एम नाम यू नाम के लोगों से बहुत ही सावधान रहने की आज आपको जरूरत है चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कहता है देखिए हमारा जो है सितंबर माह का भी राशिफल लगभग अब पड़ गया है कुछ बचे हैं उसको पूर्ण कर लेंगे आज से कल तक तो आप लोग प्ले में जाकर देख सकते हैं या जैसे आपको अपनी राशि जो है देखनी है तो आप लिख दिया करिए मेष राशि एस्ट्रोबिस आशीष सेप्टंबर माह या जुलाई मंथ तो ये खुल के आ जाएगा इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं चलिए कन्या राशि की हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति आज आपको कुछ गोपनीय बातें बताता हुआ नजर आएगा किसी का राज आपके सामने उजागर होगा आज अपने जीवन साथी और किसी बेहद व्यक्ति के साथ करीबी व्यक्ति के साथ काफी कुछ अच्छे मुद्दों पर बात होगी डिस्कस होगा और भविष्य में उसको अमली पहनाया जाना संभव है नई चुनौती के लिए आज आप पूरी तरीके से तैयार होते हुए नजर आएंगे आज अपनी आंतरिक क्षमता साबित करने का देखिए बहुत ही अच्छा दिन है आप इसको साबित कर सकते हैं पैतृक संपत्ति के मामले आज सुलझते हुए नजर आ रहे हैं आज लव लाइफ के संबंध में कुछ बहुत बड़ा फैसला लेना सक लेना पड़ सकता है जो लेंगे ठीक रहेगा आसानी से वो नहीं बदल पाएगा पैतृक संपत्ति से फायदा होने के योग बन रहे हैं कोई नया काम शुरू ना करें किसी को उधार पैसा ना दे आज स्टूडेंट्स के लिए यदि कोई एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उनके लिए अच्छा दिन रहने वाला है भगवान गणपति का ध्यान करके जाइएगा एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा अपनी सेहत का भी आज आपको ध्यान देना पड़ेगा यात्राओं का योग है तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के लिए हम उपाय बताना चाहेंगे कि आज आपको करना क्या है बेसिकली की यदि आप एग्जाम देने देखिए जा रहे हैं किसी शुभ कार्य से जा रहे हैं तो साथ आपको इलायची लेनी है और अपने पॉकेट में ऊपर रख लीजिएगा साथ इलायची ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत ही काम का प्रयोग है आपका भाग्य आपके साथ चलेगा देखते रहिए ग्रीन कलर आज आपका शुभ रहेगा लेकिन लाइट ग्रीन बहुत डार्क ग्रीन मत पहनी सामान चल भी रहा है तो ग्रीन कलर आज आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक की यदि हम बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक है और आपको जी नाम ओ नाम क्यू नाम तीन नाम बताएं जी ओ क्यू इतने लोगों से अलर्ट रहिएगा दिख जाए अगर समझ लीजिएगा कि आज के दिन दाल में कुछ काला जरूर है चलिए तुला राशि की ओर बातें हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहते हैं तुला राशि के लिए तो तुला राशि के जातकों पैसों की स्थिति में कुछ जल्दी अच्छे संकेत मिल रहे हैं सुधार होने के योग मिल रहे हैं कोई बहुत बड़ा सौदा आज होता हुआ नजर आएगा छोटे और सरल काम से शुरुआत करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी आज आपको अपनी कोशिशों के लिए पुरस्कार और तारीफ मिल सकती है सहज बुद्धि आज आपकी कारगर साबित होगी धन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं थोड़ा सा आपको मेहनत करना है अपने आप को पुषअप करना है तब आपको धन मिलेगा परिश्रम करेंगे तब आपको मिलेगा धन आज भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा लगभग सिक्सटी टू तक की आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा कुछ शत्रु गुप्त शत्रु अचानक से आएंगे आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे लेकिन अपने आप स्वतः वो नष्ट हो जाएंगे अविवाहित हैं तो लव प्रपोजल के लिए अच्छा दिन है रिश्तों में बन सकते हैं खास करके लव मैरिज के लिए जो है यदि आज आप अपने घर वालों को मना रहे हैं तो बहुत अच्छा है हो सकता है आज कुछ लोग आपके लिए जो है लकी भी साबित होंगे यहाँ कहीं शत्रु हैं बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं जहां सच न चले वहां झूठ सही ये गाना नहीं है जो है ईशोर कुमार जी ने शायद ये भी गाया है जहां हक ना मिले वहां लूट सही तो बहुत बढ़िया ये गाना है कभी कभी जो है सीधे कार्य से भी जो है करने पड़ते हैं कभी कभी सही कार्य के लिए अपने आप को भी गलत करना पड़ता है तो आज लव प्रपोजल के लिए अच्छा दिन है तुला राशि वालों के लिए तुला राशि के जातकों को उपाय क्या करना है महादेव पे भगवान भोले शंकर पर आज आपको दुग्ध में दूध में थोड़ा सा आज आपको हल्दी एक चुटकी डाल लीजिएगा और फिर अभिषेक करिएगा कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए हमारे जो विवर देख रहे हैं फोन नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर एक दिया गया है उस पर फोन करके रहे सर आपने बताया शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए फलाना धमाका ये पंडित जी बताते हैं वो पंडित जी बताते हैं देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए शूलिंग पर हल्दी आप चढ़ा सकते हैं कोई दोष नहीं पड़ेगा करके देखिए उल्टा आपका बृहस्पति जो है बृहस्पति के गुरु भगवान शंकर जी अब सोच लीजिए तो बृहस्पति के वो गुरु हैं शिव शिव भगवान भोलेनाथ आप चढ़ाइए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी शुभ कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर आपका शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक है आज आपको ए नाम और शी नाम के लोगों से आपको एलर्ट रहने की जरूरत है राहु का रास्ता कैसे बनेगा क्या है देखिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है आप उस पर फोन कर लीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए और प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भैया मेरे बंधु अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा शुल्क के साथ ये है प्रॉपर चैनल से प्लीज आइएगा यकीन करिए बहुत लोगों का प्यार मिलता है आशीर्वाद किस किस का जवाब दे ना दें आप हमारी परेशानी खुद समझिए इसके लिए जो है देखिए क्षमा प्रार्थी है अगर मान लीजिए अभी हम कुछ बता देते हैं और आपके साथ सूट ना हुआ तब तो आप हमी को जो है ना अब कहेंगे अरे वो कैसे पंडित थे हर एक चीज का उपाय अलग अलग होता है लग्न में राहु बैठा है तो उसका क्या उपाय होगा सेकेंड हाउस में बैठा है तो उसका क्या उपाय होगा किसके नक्षत्र में बैठा है किसके घर में बैठा हुआ है तो ऐसे कोई उपाय नहीं बता दिया जाता है तो प्रॉपर चैनल से प्लीज आइए अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली हम आपको जो है आधे घंटे एक घंटे जितना भी आप चाहेंगे हम आपको समय दे देंगे टेलीफोन से बात करना चाहे तो आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा चलिए वृश्चिक राशि की ओर पढ़ते हैं तो के आज आज कोई नए नए और नये मेहमान का आगमन संभव है। आज जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के साथ सहयोग और टीमवर्क से करें आपके सामने रिश्ते और पार्टनरशिप के कुछ मामले बहुत खास रहेंगे अपने समझदारी से काम लिया तो आज इन्हीं के दम पर काफी अच्छा आपका नाम होगा और नतीजे भविष्य में अच्छे प्राप्त होंगे आज मनोरंजन के कुछ अवसर अचानक मिल सकते हैं जो नहीं सोचा वो काम भी आज पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है मामा से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा कई तरीके की बातें दिमाग में चलने से आज आप अपने काम पर पूरी तरीके से मन नहीं लगा पाएंगे आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा अन्यथा धोखा भी हो सकता है आप कुछ कामों के नतीजों को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं वृश्चिक राश के जातको आज अपने आप को बचाना है वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है अन्यथा दुर्घटना का योग भी बन रहा है विवाह का कोई प्रस्ताव यदि आज आप भेज रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तो हमारे जातक हैं इनको आज करना क्या है देखिए एक काम करिएगा लौंग का अधिक से अधिक सेवन आज, आज आप अपने खाने में करिएगा दूसरी चीज काले तिल का दान धर्म स्थान पर आज आपको करना रहेगा आपके लिए यदि हम बात करें तो ऑरेंज कलर शुभ कलर है अंक एक शुभ अंक है आर नाम पी नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है धनु राशि सर्जिटेरियस आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है राशि भविष्य कुछ भी कहती हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत कम लाइक है आपका देखिए इतने लोग देख रहे हैं उसके बाद भी जो है इतने कम मात्रा में लाइक है तो इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ नहीं रहा है तो प्लीज अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए और पसंद आए तो एक लाइक करने में क्या जाता है एक बार बटन ही तो टैप करना है आज धनु राशि के जात को अचानक से धनलाभ का योग बन रहा है भाइयों और दोस्तों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा आज चुकी जो है आपके सामने आगे बढ़ने के कई नई नए मौके मिलते नजर आ रहे हैं आज आप अपने काम के बल पर अपने ऊर्जा क्षमता के बल पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे रोजमर्रा के कामों में आज आपको फायदा होगा ऑफिस में चलते समय जो पेंडिंग काम है इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा आज का समय है आज हल्दी की एक गांठ यदि संभव हो तो अपने साथ एग्जाम सेंटर पे ले जा सकते हैं विनम्र रहिएगा खान पान पर आज आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है आज पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और अच्छा समय है एक दूसरे के साथ जो है समझने के लिए कहीं घूमने फिरने डेटिंग पे आज बाहर जा सकते हैं कोई मूवी देख सकते हैं लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी कार्य क्षेत्र और बिजनेस में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, पार्टनरशिप में सावधानी रखिएगा आप तो राशि के जो हमारे जातक हैं, उपाय के लिए हमने आपको बता ही दिया कि हल्दी की एक गाठ आपको रखनी है दूसरा उपाय आज रहेगा आज आपको गणेश अथर्व शीर्ष का आज आपको पाठ करना रहेगा बहुत अच्छा रहेगा शुभम मिश्रा अमेठी शुभम जी पाए लगी बहुत बहुत आपका स्वागत है उम्मीद है कि हमारे सारे उपाय आप कर रहे होंगे और आपको कुछ ना कुछ उससे लाभ मिल रहा होगा दस बारह दिन हो गया आप हमसे मिलने आए थे तो अगर कुछ आपको लाभ मिल रहा हो तो कमेंट के माध्यम से दर्शकों को भी देखिए बता दीजिए और ना मिल रहा तो वो भी बताइए लोग समझे तो धनु राशि के जातकों आज के लिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो येलो कलर आपका शुभ कलर है और शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका शुभ अंक है आज आपको जी नाम टी नाम और आर नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है कैप्रिकॉन मकर राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मकर राशि के जात को ऑफिस में आज दूसरों के विवाद का निपटारा मत करिए आज दूसरों के बाद विवाद में आज, आज आपको नहीं पढ़ना है अन्यथा आज, आज आप बदनाम हो जाएंगे आज आपका रवैया कुछ नेगेटिव रहेगा कुछ लोगों के प्रति इससे आपको बचना है आज दूसरों के प्रेम और हो सकता है कुछ लोग आपका साथ दें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ नजर आए आज बहुत ही शांत रहने की कोशिश करिएगा खास करके आज अपने मन को बहुत एकाग्र करिएगा कोशिश कीजिएगा विपशयान कर लीजिएगा लाइफ योगा सूत्र चैनल है शिवम जी का उस पर जाकर विपश्यन की बहुत अच्छी विधि है बहुत सही विधि है उससे आप विपश्यन कर सकते हैं आज किस्मत का साथ थोड़ा सा कम यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आज आपका दिन बहुत खराब रहे और व्यापार में दर्शकों आज कुछ हानि उठानी पड़ेगी तो प्लीज बहुत सोच समझकर पैसों का आज, आज आपको निवेश करना है इससे आज, आज आपको बचे रहना है रिस्क मत लीजिएगा वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा साझेदारी के बिजनेस में कुछ आपको अलर्ट की आवश्यकता ही हमने आपको पहले ही बता दिया है करना क्या है कैप्लीकॉन वालों को मकर राशि वालों को तो आज आपको ये करना रहेगा विष्णु सहस नाम का आज, आज आपको पाठ करना रहेगा और हृदय प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय का पाठ करिए ब्लैक कलर शुभ कलर है अंक नौ आपका शुभ अंक है सी नाम ए नाम ओ नाम के लोगों से अलर्ट रहना है चलिए कुंभ राशि तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है कुंभ राशि के जो हमारे जातक के वीडियो देख रहे हैं तो पैसों से जुड़ी हुई कोई चिंता आज आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है आज उम्मीद की किरण आपको नजर आने लगेगी कुछ रास्ते मिलेंगे आपको धनलाभ होता है धनलाभ होता हुआ दिख रहा है आज अपना उधार है तो ये चुकाते हुए आप नजर आएंगे आज मिलने वाले पैसों का निवेश कुछ इस तरीके से करिए जिससे भविष्य में आपको फायदा हो दोस्तों और भाइयों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत अच्छा रहेगा आज हॉस्पिटल जाने का योग बन रहा है वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलेगी और बीमार हैं तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए आज जिस काम में मेहनत करेंगे वो काम आपका समय से पहले जल्दी पूर्ण होता हुआ नजर आएगा आज कुछ तेवर आपके संतान के प्रति सख्त होते हुए नजर आएंगे लोग आज आपसे परिवार में कटे कटे रहेंगे कल्पना छोड़कर के आज आपको वास्तुकता में जीना है जो है जीना है कुछ मौके हो सकता है हाथ से आते हुए आप गवा दें अपने भाषा के कारण आज कोई जोखिम भरा फैसला ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा चलिए करना क्या है आज आपको कुंभ राशि के जो जातक हैं हमारे इनको आज दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और यदि संभव हो तो आज सुंदर पढ़ लीजिएगा मन बहुत शांत रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा क्यों नाम आर नाम ए नाम के लोगों से अलर्ट रहिएगा बच के रहिएगा अंतिम राशि मीन राशि पाइसेस। आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मीन राशि के जो हमारे जातक के वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज बिजनेस के मामले में जो है पैसों से जुड़े मामले में कुछ अच्छा खासा बदलाव होता देख रहा है के मामले में भी आज इनका जो है जो ग्रोथ चार्ट रहेगा बहुत आप रहेगा आज आपके लिए जो है कुछ प्रभावशाली लोग कार्य करते हुए नजर आएंगे आज पैसों के मामले में काफी आज, आज आप अच्छे साबित होंगे बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहेंगे आज एक के बाद एक नई चुनौतियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी कुछ लोग आज आपसे अजीब व्यवहार कर सकते हैं एक बार में एक ही काम हाथ में ले मल्टीटास्किंग मत करिएगा और प्लानिंग यदि आज, आज आप कोई कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्गो की घर में आपको राय लेना भी बहुत जरूरी है आपके अंदर में जो कार्य कर्मचारी कर रहे होंगे हो सकता है कि उनसे आज, आज आपको कुछ जो है हानि पहुंचे तो उसका भी आज आपको ध्यान देना रहेगा अकेलापन बहुत महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होती हुए नजर आएगी कर्मचारी और सहयोगियों से परेशानी खत्म होने के योग बन रहे हैं ऑफिस में दिन आपका ठीक नहीं रहेगा एक काम करना व्यापार में आज यात्राओं का योग बन रहा है और वो वो यात्राएं आपके लिए सफल होंगी धार्मिक यात्राओं का भी योग है आज हो सकता है कि परिवार में किसी महत्वपूर्ण बात पर फैसला हो तो आपसे उस पर राय ली जाए तो अपनी राय दे दीजिएगा लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा करना क्या है जल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा एक चुटकी आपको सफेद चंदन चंदन डालना है और एक चुटकी रोली इसको कुमकुम -कुम बोला जाता है कुछ लोग रोली नहीं समझ पाते सिंदूर नहीं होता है रोली और कुमकुम -कुम एक चीज है तो कुमकुम -कुम डाल के सूर्यदेव को आपको अर्घ देना रहेगा और विष्णु सहित नाम का आपको पाठ करना रहेगा बहुत ही मानसिक शांति आपको देगा आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपका शुभ कलर रहेगा और शुभ अंक की यदि हम बात करें तो आपके लिए अंक तीन आपका शुभ अंक रहेगा आपको ए नाम टी नाम और सी नाम के लोगों से बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है तो चलिए ये तो था देखिए हमारा जो है आज का राशिफल अब रविवार विशेष आपको बताए दे रहे हैं सभी लोग ये उपाय कर सकते हैं देखिए सूर्य देव का आज दिन है आज के दिन जिसका जन्म होता है तो बहुत ही वो व्यक्तित्व तेजस्वी होता है गर्वीले और पित्त प्रकृति के होते हैं क्रोध उनके मुख पर रहता है आभा मंडल पर रहता है बहुत चतुर होते हैं गुणवान होते हैं और बहुत उत्साही होते हैं आज के दिन जो है आपको करना क्या है तो आज रविवार को भगवान सूर्य को तांबे के एक लोटे में लाल चंदन और हल्दी डालकर के अर्घ देना रहेगा मंत्र जो है आप कोई भी मंत्र दे सकते हैं वैसे एक मंत्र है यही सूर्य सहस्त्रांसो तेजो राशे जगत पते तो अनुकंप्यम माम भक्त्या दिवाकरम और गायत्री मंत्र से भी आप अर्घ दे सकते हैं ऋग्वेद में तो वर्णन आता है कि गायत्री मंत्र से ही जो है अर्घ देना चाहिए और इसके बाद तीन बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए आज के दिन नमक का त्याग करना बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगा और रविवार का आज अगर यह पूजा करते हैं तो आपको समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा और अतुल जो है मतलब कह नहीं सकते हैं इतना ज्यादा धन आपको प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य धन प्रतिष्ठा पिता मान सम्मान के कारक ग्रह हैं तो ये आपको देखिए विशेष कर आज करना रहेगा दर्शकों राशिफल आपको हमारा कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा जरूर अपनी राय रखिएगा और आप लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिवादन बहुत बहुत सह प्रणाम हमारा स्वीकार करिए कि आपने इतना ज्यादा प्यार इस चैनल पर दिया है दर्शकों ये प्यार ये कृपा दृष्टि इसी तरीके से बनाए रहिएगा एक बात और बताएंगे दर्शकों की आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हमारे जो पुराने वीडियो भी इस चैनल पर पड़े हुए हैं उनको भी आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में चले जाइए या पुरानी वीडियो आप चैनल की लिस्ट में देख सकते हैं उसको भी आप पूरा समय अच्छे से दीजिए उस वीडियो में भी ज्ञान की बातें हैं अच्छी वीडियो है जब कम सब्सक्राइबर थे तब वो वीडियो हमारी पड़ रही थी सोच लीजिए तो आप लोग जुड़ते चले गए हैं वो वीडियो का भी आप जाके जो है आनंद लीजिए लाभ उठाइए तमाम प्रकार के जो है अच्छी बातें उसमें बताई गई हैं और हाँ शिवम जी का चैनल लाइफ योगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वो हम कह सकते हैं कि इस चैनल चैनल से भी अच्छा वो है हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कह रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति बहुत अच्छा है उसको अच्छा ही कहेंगे तो दर्शकों दीजिए अपने इस को इजाजत एक बार पुनः जा रहे है आज किशोर जी का जन्मदिन भी है किशोर दा का तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना इस गीत के साथ नमस्कार दर्शकों